जवन लगा लागत खाई, हाँ खले दोसर खाई हो सुनल होलिया में दोलिया में गयिया जन छोड़ के तू गोयल